सो so, हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर से ऊर्जा जी गेमिंग चैनल पर स्वागत है तो आज की इस वीडियो में अपन करने वाले वाला टिप सेंटर आपके मतलब आधा ज्यादा लोगों को पता होगा कि यहाँ आप जा सकते हो पर कैसे जा सकते हो वो भी आधे लोगों को पता होगा पर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं लेके आया गया हूँ ये वीडियो जो यहाँ पर आपको इस तरह चलना है ठीक है उसके बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ से जंप करना है ठीक है उसके बाद आप यहाँ जाओगे ओ इस कोने से उस कोने पे एक सिंपल से जंप लगाना है ठीक है तो आपका बंदर डार्क यहाँ पहुँच जाएगा ये देखो यहाँ पहुँच गए है यहाँ पर तो यहाँ से आप बंद की बना सकते हो चटनी बड़े आराम से मक्खन लगा के हर एंगल आपको मिलेगा ब्रिज से जो भी गाड़ी आ रही है पूरी की पूरी एक स्प्रे में ख़त्म ठीक है तो इसी के साथ और आप अगर ऊपर जाने की ट्राई कर सकते हो तो वहाँ भी कर सकते हो ठीक है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट कर देना ठीक है और तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के बाय बाय